दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी एडवाइस कर दी है तो उसकी प्लानिंग कैसे करें तो सबसे पहले आपने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया उसने कहा कि जी आपको सर्जरी करानी है और फिर आपको एक डेट भी दे देता है बट आप करें क्या, क्या करें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर की तरफ से लिख के आ जाती है कि आपको ये करना है वो करना वो करना इस समय पर आना है ये टेस्ट कराना वो टेस्ट कराना है जिसमें कुछ कंफ्यूजन भी होता है मरीज को भी लिखता है क्या करे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कब क्या क्या करना चाहिए तो शुरुआत करते हैं जैसे ही आपका डॉक्टर आपको कुछ सर्जरी एडवाइस करता है उससे डिटेल में समझ लें उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा प्लान क्या होगा सर्जरी डेट्स ओ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कब मिलेंगी और उसके साथ साथ वो आपको कुछ चाचे लिखेगा जिनको प्री एनेस्थेसिया चेकअप कहा जाता है प्री एनेस्थेसिया चेकअप में तीन कंपोनेंट होते हैं पहला कंपोनेंट होता है आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें आपके हीमोग्लोबिन की जांच होती है कोई शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं है उसकी जांच होती है उसके अलावा आपको कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जिससे आपके डॉक्टर को भी खतरा हो सकता है किसी और मरीज को खतरा हो सकता है या जो इक्विपमेंट आपको यूज करने हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो वायरल मार्कर्स की एक जाँच होती है कुछ आपके फंक्शंस को भी देखा जाता है किडनी फंक्शन कैसा है लिवर फंक्शन कैसा है तो ये कुछ रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है जो डॉक्टर करा के देखता है दूसरा कंपोनेंट होता है मेडिकल uh, क्लियरेंस का तो उसमें कई बार अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है मान लो आप कोई हार्ट के लिए हाइपर के लिए डायबिटीज के लिए या किसी और तरह की कोई दवाई खाते हैं आपको अस्थमा है या कोई और बीमारी है तो उस कंडीशन में जो आपका सर्जन है वो प्रिफर करता है कि आप उस डॉक्टर का जिसका इलाज आपका चल रहा है जिस बीमारी का भी उसका क्लियरेंस आप लेके आए कि क्या इस बीमारी के साथ साथ इस सर्जरी को परफॉर्म किया जा सकता है और अगर हाँ तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है तो दूसरा कंपोनेंट ये होता है और तीसरा कंपोनेंट होता है बेहोशी के डॉक्टर का क्योंकि उसमें फिर बेहोशी का डॉक्टर अपने हिसाब से देखता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपके टाइप ऑफ सर्जरी के हिसाब से कौन कौन सी जाँचें और करानी है जिसमें कई बार वो आपका आईसीजी एक्सरे इवन कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड या कुछ और जाँचें भी कराता है और वो खुद से एग्जामिन करता है या पीएफटी एफ टी देख लेता है आपकी लंग्स का स्टेटस जानने के लिए और फिर वो क्लियरेंस देता है कि हाँ इस मरीज को बेहोशी की दवाई दी जा सकती है और इसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप का आपको एनेस्थेसिया या बेहोशी की दवाई चलेगी तो ये तीन कॉम्पोनेंट हो गए इन तीन कॉम्पोनेंट का आपकी सर्जरी की डेट से पहले कंप्लीट हो जाना जरूरी है ये तो हमने बात कर ली कुछ जो जाँचें करनी है जो सीधे डॉक्टर से रिलेटेड बात है आपके लिए क्या चीज़ें जानना ज़रूरी होता है आपको सर्जरी के दिन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो एक तो खाली पेट जाना होता है अक्सर सर्जरीज में या जिन सर्जरीज में भी बेहोशी की दवा दी जाती है या इवन आपको स्पाइनल एनेस्थेसिया भी दिया जाता है या आपको सडेशन दिया जाता है ये सलाह दी जाती है कि आप कम से कम दस से बारह घंटे की फास्टिंग में आएँ पेट आपका खाली हो जाए क्योंकि कई बार बेहोशी की दवा से उल्टी आने का डर होता है सोचिए अगर आप ओल्टी टेबल पर और आपको उल्टी आ जाए तो आप तो है, तो बेहोश वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे जिसकी वजह से ये जो है है आपके में में जा सकता है। और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है मरीज को कहते हैं कि उसने कर लिया और मरीज कई बार कोलेप्स भी हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है इसलिए ये कहा जाता है कि आपको खाली पेट ही आना है बिल्कुल खाली पेट नीलो रखा जाता है आपको आप घर से अच्छे से नहा धो के जाए साबुन शैम्पू आप यूज कर सकते हैं लेकिन किसी ऑयल का वेस्लिन का किसी क्रीम का आप इस्तेमाल ना करें तीसरी बात आपने अगर कुछ गहने पहने हैं ऑर्नामेंट पहने हैं कुछ मेटल की चीजें पहनी हैं, तो उनको आप घर पे ही निकाल के जाएं, क्योंकि ओटी में इनको लेके जाना अलाउड नहीं होता है सुबह बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं, कोई ऐसा ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर ना लें क्योंकि कई बार होता है क्या कि आप टेंशन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जो टेम्प्रेरी होता है इससे आपकी सर्जरी डिले होती है तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है अस्पताल में जाके आपके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं और आपके जो पुराने कपड़े हैं उनको उतार लिया जाता है तो एक ऐसा बैग या बैगेज भी साथ लेके जाए जिसमें आप अपने कपड़ों को डाल के रख सके और आपके अटेंडेंट को हैंड ओवर किया जा सके एक और चीज आती है अटेंडेंट्स की तरफ से कि भाई हमारा मरीज देखिए दस बजे ओ में गया था और अभी तो तीन बज के अभी तक तो बाहर नहीं आया है तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि सर्जरी इतनी लंबे समय तक चलती है हाँ कुछ मेजर सर्जरी होती है जो कई कई घंटों चलती है लेकिन जो रूटीन सर्जरीज भी होती है उसका एक तरीका होता है पहले मरीज को ओ के प्री ऑपरेटिव एरिया में शिफ्ट किया जाता है वहां पे इन सारी चीजों को एक बार से फिर से देखा जाता है जो पी के दौरान जांच वगैरह हुई थी आपकी जो भी रिपोर्ट्स आई थी और उसके बाद नर्स और डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ओटी के अंदर लेना है तो अच्छा खासा समय आपका प्री ओ एरिया में भी जाता है उसके बाद फिर आपकी सर्जरी शुरू होती है जब ऑपरेशन थियेटर में चले जाते हैं तो महूषि वाला डॉक्टर अपना काम करता है नर्सेज या टेक्नीशियन वहां पर अपना काम करते हैं और सर्जन अपना काम कर रहा होता है इस तरीके से ओटी कंप्लीट हो जाती है यानी कि सर्जरी कंप्लीट हो जाती है सर्जरी कंप्लीट होने के बाद भी आपको रिकवरी एरिया में थोड़ी देर रोका जाता है यह देखने के लिए कि कोई दिक्कत ना हो वार्ड में भेजने से पहले इसलिए कुल मिलाकर आपको लगता है बहुत लंबा समय होता है हालांकि आपको डॉक्टर्स और टीम साथ साथ अपडेट देती रहती है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है आपको धैर्य से काम लेना चाहिए तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा अगर आपने वाकई इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसको लाइक जरूर कर लें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें सो so दैट उनको इसका फायदा मिल सके और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे थैंक यू धन्यवाद